तरुण जी थैंक यू वेरी मच एंड सबको थैंक यू अब मैं सबका जवाब नहीं दे पाऊंगा आई एम वेरी मच थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर गेट रेडी एंड स्टार्टअप आल्सो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज इस ग्रेट सेशन की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको आपके फ्यूचर को रिवील कर देगी लेकिन आज आपको एक बता देता हूँ अगर आपके बहुत सारे लीडर्स यहाँ मौजूद नहीं है तो उनको बुला लीजिए क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ आज की प्रेजेंटेशन में आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेगी जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी और यकीन मानिए इन प्रेजेंटेशन से ही हमारा बिजनेस चार फोल्ड फोर फोल्ड्स बढ़ा सकते हैं हम आज का प्रेजेंटेशन आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है हो सकता है इन स्पेशलिटी में मेरी कुछ गलती भी रह गई हो तो प्लीज उसको एक्सेप्ट कीजिएगा लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया दू और इस नए पेन से ही हमारा ये अपॉर्चुनिटी सेशन बहुत प्यारा बनता जाता है तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अगर आप लोगों के बहुत सारे लीडर्स अगर यहाँ मौजूद नहीं है उनको बुला लीजिए क्योंकि आज का प्रेजेंटेशन कुछ यूनिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ और वो यूनिक चीजें हर एक के काम आने वाली है हर एक को इस सेशन के एंड तक बहुत ही प्यारी प्यारी आज के अपॉर्चुनिटी के पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे कई लोग उसको समझ नहीं पाते थे आज उसको बहुत क्लैरिटी से समझ पाएंगे ओके तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस ग्रेट सेशन की और जैसा कि आप लोग जानते हो हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो अपनी होम कंट्री में पूरी सक्सेसफुल पोर्टफोलियो हासिल करने के बाद चार साल अपनी होम कंट्री में सक्सेसफुल पोर्टफोलियो हासिल करने के बाद पूरे छह महीने में पूरे विश्व में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस हासिल कर रहा है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस के साथ हमारी जो मिलीनियस वर्ल्ड वाइड टीम है उसका बहुत बड़ा हाथ है मिलीनियस वर्ल्ड वाइड टीम क्रिएटिंग वेल्थ फॉर ऑल वेलकम यू ऑल डायनेमिक लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ दीज सभी इस कंट्रीज के डायनेमिक लीडर्स का हार्दिक स्वागत करते हैं क्रिएटिंग बेल्थ फॉर ऑल वेलकम यू ऑल डायने दोस्तों जैसा कि आप जानते हो टायरस इज द बेस्ट ऑलवेज एन एवरी जैसा कि आप सब जानते हैं टायरस हर जगह है बेस्ट है और ऑलवेज रहेगा ये जो लाइन है ना ये टैग लाइन अपने दिमाग में बिठा लीजिए टायरस इज द बेस्ट ऑलवेज एन एवरी ये शो करता है कि टायरस ऑलवेज आपके साथ है आपकी तीसरी जनरेशन तक बिल्डअप करने के लिए आपके साथ है केवल आपको एक साथ होके टुगेदर होके वी आर अ ह्यूज फोर्स ये आपको डिजाइन करना है मिलीनियर बनने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है वी आर टुगेदर अ ह्यूज फोर्स, ये पावर है टायरस के साथ मिलीनियर्स वर्ल्ड वाइड ओके okay, तो शुरुआत करते हैं मिलियन वर्ल्ड वाइड आप सभी का स्वागत करते हैं और जैसा कि आप लोग जानते हो हमने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी चीज बनाई है टायरस के बारे में आप सब जान के बहुत खुश होंगे टायरस क्या है टायरस हमने टायरस के कुछ नए मीनिंग निकालने की कोशिश की है और वो है टायरस का टी टूगेदर आई मींस इंक्रीज आर मींस रिवार यू मींस अपर एंड एस मीन सक्सेस टूगेदर इंक्रीज रिवॉर्डिंग सक्सेस ये टूगेदर ही ओनली हो सकता है अकेले आप नहीं कर सकते टेरस डॉट लिमिटेड ये पावर है हमारी इस टेरस अपॉर्चुनिटी का ओके दोस्तों आगे बढ़ेंगे फ्यूचर आपका है चॉइस आपकी है टाइम आपका है एंड अगर ये सब आपका है तो डिसीजन भी आपका है इसलिए अगर इन चारों चीजों में आप खड़े उतरते हो तो बिजनेस भी आपका है तो दोस्तों इन सही समय में परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट टाइमिंग के के साथ perfect perfect के साथ प्लेसमेंट सिस्टम आप आप जब है, तो अपॉर्चुनिटी भी, भी आप लगीन है, और इस परिटी के साथ आप और हम हमारी थर्ड के बिजनेस को बिल्डअप करने जा रहे हैं किस अपॉर्चुनिटी के साथ उसका थ्री पी भी हम जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट होता है थ्री पी ऑफ द अपॉर्चुनिटी करने जा रहे तो जिस आप, जा आप लोग जानते हैं और तीसरा पी होता है प्लान बिजनेस प्लान जिससे आप पैसा कमाने वाले हैं तो दोस्तों इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा प्रोफाइल सेगमेंट कंपनी के साथ हम बात करने जा रहे हैं हम देखने जा रहे हैं तो उसका प्रोफाइल आपको केवल थोड़े से स्लाइड्स के अंदर प्रोफाइल प्रोफ़ाइल इन प्रोडक्ट का क्लियर कर दूंगा और आप 100 उससे सहमत होंगे। आगे बढ़ेंगे, का करती है। उसके पीछे उसका बहुत बड़ा राज होता है उन राज को जानने के लिए केवल कुछ चुनिंदा पॉइंट है जो आपको बता देंगे का कितना स्ट्रॉन्ग है तो टायरस की सबसे इंपॉर्टेंट एनॉलिटिकल थिंकिंग आपको बैक ऑफिस में मिलती है और एक ही बैक ऑफिस में आपको सत्रह से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है जहां से एक ही टीम के साथ आप एक ही कोर प्लेटफॉर्म के साथ लाखों लाखों डॉलर बना सकते हो और यहाँ पे अपनेक्सेसफुल पोर्टफोलियो लेती है क्योंकि जो कंपनी अपने क्लाइंट्स है वो कंपनी हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल पोर्टफोलियो लेती है अब यूनिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो आया है वो है यहाँ पे कोई आर ओ ए प्लान और वो आपको नहीं मिलने वाले यहाँ पे एक रियल प्रॉफिट शेयरिंग चीजें आपको मिलती है और ये भी आपके बैक ऑफिस में आप चाहें तो उस सर्विस को यूज लीजिए आप चाहें तो मत लीजिए सत्रह तरह के सर्विस है आप जो भी चीज़ चाहें आप यूज कर सकते हैं मेजर हम यहाँ पे ओनली फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने जा रहे हैं बाकी का सारा आप आपके बैक ऑफिस में समझ पाएंगे तो यहाँ पे कि स्ट्रेंथ को आप समझ चुके हैं आगे बढ़ेंगे एक नजर इसके प्रोडक्ट एंड सर्विस पे ab dekhenge investment in real estate real estate in moscow and turkey uh, ringula metrics marketing multi currency exchanger zero stock decentralized exchange and terrace and wellness health products terrace promotions online casino on blockchain online lottery on blockchain wng cryptocurrency p2p crypto exchanger buying gold payment system paystar service promotion on social media networks and gambling platforms and very soon coming फ्रीलैंसअप्राम एंड माइक्रोक्रेडिट प्रोग्राम वेरी वेरी सोन कमिंग टू योर बैक ऑफिस ओके मैटर फ्रेंड यहाँ पे ये इनके वेलनेस के कुछ प्रोडक्ट है एक नजर और ये इनका पेमेंट पोर्टल जो बहुत जल्दी आपके अः बैक ऑफिस में आपको दिखना शुरू हो जाएगा बहुत सारी कंट्रीज में शुरू हो चुका है इंडिया में भी स्टार्टअप होना बाकी है यहाँ पे इस तरह का वीजा कार्ड जो आपको मिलता है वो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा ये वीजा कार्ड आपको जब बैक ऑफिस में दिखने लगेगा आप अपने वीजा कार्ड को ऑर्डर कर पाएंगे और सारा पेमेंट इस पे विड्रॉ कर पाएंगे ये पावर है वीजा कार्ड का और यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग सेक्शन देखें इनका ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल बहुत बड़ा पोर्टल है जो ऑलरेडी पांच साल पहले से स्मार्ट कॉन्ट्रेक्ट के साथ वर्कआउट किया हुआ है और पार्टनर्स की की अगर बात जाए टोफाइल एंड प्रोडक्ट सेगमेंट का तो दोस्तों हमारे प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट सेगमेंट यहाँ फिनिश होता है लेकिन अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसकी पूरी जान प्लान आप जब किसी की अपॉर्चुनिटी के प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट सेगमेंट पे सहमत होते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लान हाउ टू अर्न विदिटेडिंग जा रहे हैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अगर आपके बहुत सारे लीडर्स यहाँ नहीं आए उनको इनवाइट कर लीजिए आज मैं आपको कुछ नया यहां दिखाने वाला हूं जिससे आपकी टीम में टेन टाइम बूस्टअप आ जाएगा एंड टेन टाइम्स आप ज्यादा करना शुरू कर दोगे तो प्लीज आपके लीडर्स को इनवाइट कीजिए और इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए ओके आगे बढ़ेंगे फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड क्रिएटिंग फ्यूचर जैसा कि आप लोग जानते हो यहाँ पे पेरिस ने बहुत खूबसूरती से इस सिस्टम को बनाया और जैसा कि ईजी हम देख रहे हैं यहाँ पे उतना ही ईजी अपॉर्चुनिटी है और सब पूरे विश्व के अंदर कोई भी आदमी अगर इस अपॉर्चुनिटी को अपने बर्निंग डिजायर्स को पूरा पाने के लिए करना चाहता है तो वो यहाँ पेन डॉलर से शुरुआत कर सकता है और अपनी सारी बर्निंग डिजायर्स को पूरा कर सकता है ये टेन डॉलर परफेक्ट मनी के द्वारा होता है और टेन डॉलर से वो विश्व के अंदर पूरे विश्व के अंदर अपना व्यापार फैला सकता है एज ए फ्रेंचाइजी पार्टनर और विश्व में टायरस ने इतना खूबसूरती से इसको बनाया कि कोई भी आदमी इसको शुरू करता है तो 10 डॉलर से ही इसको शुरू करना होगा ना तो वो बड़े से शुरू कर सकता है ना कम से शुरू कर सकता है ओनली बाई 10 डॉलर वो अपनी सारी सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है वो क्या है जितने डॉलर का पैकेज वो लेता है लाइसेंस लेता है उतने डॉलर को उसका वेलनेस बोनस इमीजिएट मिल जाता है और वेलनेस बोनस को वो पूरा के पूरा अपने वेलनेस के प्रोडक्ट को परचेज करने में यूज कर सकता है यहाँ पे टेन डॉलर का पैकेज लिया टेन डॉलर का बैलेंस बोनस आ गया मीडियम लाइसेंस फिफ्टी डॉलर का लिया तो फिफ्टी डॉलर का बैलेंस बोनस आ गया हंड्रेड डॉलर का हार्ड लाइसेंस लिया उतना डॉलर का बैलेंस बोनस आ गया ग्रैंड का थाउजेंड डॉलर का लिया तो थाउजेंड का वेलनेस वेलनेस बोनस बोनस आ गया तो जितने डॉलर डॉलर का का आपने पैकेज अपग्रेड करोगे उतने ही का बोनस आपको अलग मिलेगा और सारे के सारे लाइसेंस आपको अलग अलग अर्निंग देते हैं ये नहीं कि आपने अपग्रेड कर दिया तो इजी का बंद हो जाएगा और हार्ड का अपग्रेड कर दिया तो मीडियम का बंद हो जाएगा ग्रैंड का अपग्रेड कर दिया तो हार्ड का बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है आपको चारों लाइसेंस के अर्निंग अलग, अलग अलग आती है और सबसे इंपॉर्टेंट आप डायरेक्ट मीडियम नहीं कर सकते डायरेक्ट हार्ड नहीं कर सकते डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको से ही शुरुआत करनी होगी टेन बिजनेस रिंग का पोर्टफोलियो है और ये दस रिंगे कैसे काम करती है ये रिंगुलर मेट्रिक सिस्टम है जो अपने आप में बिल्कुल नया प्लान है जो आज तक आपने आज से पहले अपने नेटवर्क कैरियर में नहीं देखा होगा दोस्तों ये टेन डॉलर फ्रेंचाइज रिंग जैसे ओनली टेन डॉलर करेंगे लेकिन बाकी का जो है टेन जैसे चलता है लेकिन एक मेजर फर्क है जो आने वाली स्लाइड पे आपको बताऊंगा और वो फर्क जान के आपके दिल में खुशी आ जाएगी तो दोस्तों हम केवल डिस्कस करेंगे ओनली टेन डॉलर फ्रेंचाइज रिंग ओके अब आगे बढ़ेंगे यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी लाइसेंस के अंदर प्लेसमेंट सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट एंड माइनर रखता है आप देखेंगे कि प्लेसमेंट यहां रिंगुलर सिस्टम है एक रिंग है इसके सेंटर में एक नंबर आपको दिख रहा है आप जब अपना किसी फ्रेंचाइजी लिंक के द्वारा तो प्लेसमेंट होता है आप अपना फोटो लोगो अवतार कुछ भी डाल सकते हैं जिससे रिंग्स के अंदर आपका मूवमेंट नजर आता है तो दोस्तों ये है रिंगुलर सिस्टम और यहाँ पे आपके पेरी पेरी में चार पोजिशन आ चुकी है दोस्तों ये चार पोजिशन आपको इस पूरे सेगमेंट में आगे बढ़ाती है तो कैसे आगे बढ़ाती है वो भी जान लीजिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप, आप हर एक आदमी को हर एक लीडर को यहां पे दो लोगों को लाना जरूरी है ओनली टू पर्सन अब टू अटेन लेवल ये वर्किंग प्लान है आफ्टर दैट लेवल ये पूरा के पूरा नॉन वर्किंग प्लान है मतलब एक जगह काम करने के बाद सेवनटीन टाइप्स ऑफ इनकम नॉट वर्किंग आपको मिलना शुरू हो जाती है ये पावर है टेरसाट लिमिटेड का दोस्तों तो यहां पर दो लोगों को, करना जरूरी है। तो जब आप अपने दो को रेफर करते हो पार्टनर तो वो भी आपके दो और तीन नंबर पर नजर आते हैं वो अपना फोटो लोगो अवतार जब डाल सकते हैं जब अपना आईडी फ्रेंचाइज को दस डॉक्टर अपग्रेड करेंगे तो वो दो और तीन नंबर पे नजर आने लग जाएंगे अब सेम चीज वो डुप्लीकेट करेंगे दो और तीन नंबर जब अपने दो दो लोगों को लाएंगे तो वो वैसे ही दिखेंगे जैसे आपकी आईडी में दिख रहे हैं उनकी आईडी में भी दिखेंगे लेकिन यहाँ पे एक मैजिकल वर्क होता है उनकी आईडी में से जो दो दो लोग दिख रहे हैं उसमें से एक एक का प्लेसमेंट डबल होता है वो आपके चार और पांच पे भी नजर आते हैं और उनकी आईडी में भी नजर आते हैं मतलब डबल प्लेसमेंट की वजह से आपका पहला टेन डॉलर फ्रेंचाइज रिंग कंपनी होता है और यहां से आपको बेनिफिट होता है बहुत बड़ा जो रियल स्टार्टअप कराता है आपको टायरस डॉट लिमिटेड में कैसे लिमिटेडर किया, किया अब एक रिंग आ गई दो की भी रिंग आ गई अब एक नंबर लीडर ने अपने आईडी तो में वो ए पे दिख रहा है और आपकी आईडी में वो तीन नंबर पे दिखेगा यह है डबल प्लेसमेंट का मैजिक सिस्टम और ये केवल और केवल आपको टेरेस में मिलेगा और कहीं पे भी ये प्लेसमेंट सिस्टम आपको नहीं मिलेगा और यहां पे दो नंबर ने अपने सी को किया उसकी आईडी में वो सी पे नजर आ रहा है आपकी आईडी में वो चार नंबर पे नजर आ रहा है इस तरह से आपका पहला टेन डॉलर फ्रेंचाइज रिंग कंप्लीट होता है और यहां से आपको मिलता है थर्टी डॉलर का बेनिफिट और ये रियल स्टार्टअप है दोस्तों बहुत सारी कंपनियां दे तो डॉलर का पैकेज देती है मतलब साठ लाख रुपए का पैकेज तक की यात्रा तय कराता है और वो भी बीच में हर पड़ाव पे आपको सात हजार रुपया आपको चालीस हजार रुपया आपको बारह लाख रुपया आपको देते हुए आपको इस पड़ाव तक ले जाती है तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल सेगमेंट ने बनाया है और इतना खूबसूरती से बनाया का प्लेटफॉर्म टैरस ने बनाया जिसकी बर्निंग डिजायर है वो यहाँ से फुलफिल कर सकता है बहुत ईजिली आगे देखते हैं कैसे काम करता है आपका थर्टी डॉलर यहाँ पे बी आएगा डी आएगा इस तरह से आपका पहला रिंग आगे वर्कआउट होता है और ये है दोस्तों रिंग्स का बिजनेस और हर दो रिंग में एक पेयर सिस्टम चल रहा है और एक आपको रेड एरो दिख रहा है ब्लू एरोस सर्कुलेशन मतलब यहां से री इन्वेस्ट के साथ आपको अगेन एंड अगेन अर्निंग देता है नॉन वर्किंग पोर्टफोलियो जनरेट करता है और Red arrow, आपको कहलाता है, जो एक बार आपको आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है अब यह इन्वेस्टमेंट वर्ड आया बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या यार इन्वेस्टमेंट भी करना है यहाँ कोई तरह का इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है ऑनली एंड ऑनली आपको दो लोगों को लाना है और 10 डॉलर का वर्कआउट करना है इसके अलावा यहां कोई तरह का काम आपको नहीं करना है आगे बढ़ेंगे ये कैसे काम करता है इसको समझने के लिए कैसे आप अगेन एंड अगेन नॉन वर्किंग के पार्टनर बनते हो वो भी समझने के लिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रिंग हम इजी लाइसेंस की आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आपको आ गया, तो फोर्टी टू फोर्टी फाइव आपको क्लियर हो जाएगा तो क्या है फर्स्ट रिंग जब कंप्लीट होती है यहां से आपको बेनिफिट होता है थर्टी का यह मैंने आपको बता दिया अब थर्टी पूरा के पूरा सेकेंड रिंग के सेंटर में जाकर इन्वेस्ट हो जाता है इस सेकेंड रिंग में जो थर्टी डॉलर लगा उसके पेरी में फिर 30 आपके चार पोजिशन कहा लो लो दो लोगों को लगाया उनके जो दो दो डायरेक्ट आए उनके जो दो दो डायरेक्ट आए जो भी लीडर पहले टेन डॉलर फ्रेंचाइज रिंग कंप्लीट करेगा वो पहले आपकी सेकंड रिंग की पेरीफेरी में आना शुरू हो जाएगा मतलब जो भी लीडर टेन डॉलर से थर्टी डॉलर की तरफ आगे बढ़ेगा वो आपकी सेकंड रिंग के पेरीफेरी में आना शुरू हो जाएगा अब ये तो हमेशा होता है कि आपका डाउनलाइन आपको फॉलो करता है अब यहाँ पे एक मैजिक और है आपके अप्लाइंग अपलाइन अगर उसका कोई डाउनलाइन आपके बाद में टेन डॉलर फ्रेंचाइज रिंग कंप्लीट कर रहा है तो वो भी आपका सेकंड रिंग में थर्ड रिंग में फोर्थ रिंग में, में रूप में आपको आगे बढ़ना है और उसकी वजह से और या आपकी डाउनलाइन की वजह से किसी की वजह से भी आपका सेकेंड रिंग कंप्लीट होता है और आपको यहां से मिलता है नाइनटी डॉलर और इस नाइनटी डॉलर में से एक बार आपका फिफ्टी डॉलर आता है थर्ड रिंग के अंदर ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया आपको आगे बढ़ाने के लिए एंड टेन डॉलर आपका री होता है फर्स्ट रिंग में आपको नॉन वर्किंग अगेन एंड अगेन इनकम पोर्टफोलियो देने के लिए और यहां से आपके पास बचता है पहली बार थर्टी डॉलर मतलब सेकेंड रिंग जब पहली बार कंप्लीट होता है तो आपको आगे बढ़ाने के लिए भी इन्वेस्ट किया जाता है और आपको नॉन वर्किंग की भी शुरुआत कराई जाती है और यहां से थर्टी डॉलर्स का विद्रॉल होता है विद इन सेकंड आप परफेक्ट मनी में विड्रॉल आ जाएगा एक रुपया भी एडमिन चार्ज नहीं कटेगा ये पावर है टैरस टॉट लिमिटेड का मतलब थर्टी डॉलर आपका एक सेकंड में आपके परफेक्ट मनी अकाउंट में आ जाएगा और यहाँ पे पांच डॉलर से लेके पांच लाख डॉलर भी आप विड्रॉल करते हो तो एक रुपया भी एडमिन चार्ज नहीं कटता दोस्तों ये जो सेकेंड है ये होने के $10 जो आपका नहीं अब आपके हाथ में नहीं है ये टोटली नॉन वर्किंग सिस्टम चालू हो गया अब यहाँ पे जो सेकंड रिंग में जो लोग आपको फॉलो कर रहे थे अगर वो तेजी से आ रहे तो वो यहाँ आ सकते अगर इस बीच में आपने कोई नई एंट्री डाली तो वो भी आ सकती है और यहां पे आपके अपलाइंस से अगर कोई ओवरफ्लो भी आ रहा है तो वो भी यहां पे आ सकता है और इस वजह से आपका पहला रिंग वापस कंप्लीट होगा फिर वापस सेकेंड रिंग कंप्लीट होगा और आपको यहां से वापस मिलेगा नाइनटी डॉलर अगेन ये पावर है दोस्तों आपने टेन डॉलर एक बार लगाया लेकिन अगेन एंड अगेन का जो पावर है आपको विश्व की किसी भी अपॉर्चुनिटी में यह नहीं मिल सकता और यहां पे सेकंड रिंग आपको अगेन पोर्टफोलियो देती है नाइनटी डॉलर अगेन अब यहां से आपका फिफ्टी डॉलर नहीं जाएगा यहां से क्या जाएगा ओनली टेन डॉलर आएगा आपको अगेन एंड अगेन नॉन वर्किंग इनकम देने का पोर्टफोलियो क्रिएट करेगा और यहां से आपके पास बचेगा एट्टी डॉलर मतलब सेकंड रिंग आपको अगेन एंड अगेन नॉन वर्किंग के रूप में 80 डॉलर्स प्रोवाइड करेगी एवरी टाइम जब जब सेकंड रिंग कंप्लीट होगा आपको 80 डॉलर आएगा मतलब 7000 हजार रुपया आएगा लगाया 900 सौ रुपया था और 7000 हजार रुपया पर डे पर वीक पर मंथ आपको सेकंड रिंग दे रही है ये पावर है सेकंड रिंग का टायरस डॉट लिमिटेड के साथ तो दोस्तों पहली रिंग तीसरी रिंग फिथ रिंग सेवंथ रिंग एंड नाइन्थ रिंग जो भी पैसा बनाती है वो सेकंड रिंग फोर्थ रिंग सिक्स रिंग एट्थ रिंग एंड में इन्वेस्ट हो जाता है और अगेन एंड अगेन अर्निंग का जो पोर्टफोलियो है वो देती है आपको आपको छप्पर फाड़ के अगेन एंड अगेन अर्निंग का पोर्टफोलियो देती है ये पावर केवल एंड केवल टैरस अपॉर्चुनिटी में किसी भी विश्व के किसी भी अपॉर्चुनिटी में आपको ये पावर नहीं मिलेगा मात्र 900 रुपए में आप जो कैरियर यहां से बनाते हुए वो वो है, है? Okay? ओके? आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया में में लगा। वो कैसे काम करता उससे पहले एक दिखाऊंगा कि आपके से, से कब जाएंगे और आप से, से थर्ड में कब जाओगे आगे बढ़ते हैं यहां पे एक नंबर के, आप, के चार पोजिशन कंप्लीट होगी तो फर्स्ट सेकेंड से में जाएगा और ये सेकंड के भी जब चार पोजीशन कंप्लीट होगी तो ये फर्स्ट से सेकंड में जाएगा थर्ड और आप यहाँ से अगेन एंड अगेन अर्निंग वाले मालिक बनना शुरू हो जाओगे दोस्तों है टेन बिजनेस रिंग का रियल रियल रियल मैजिकल सिस्टम जो आप आज से पहले कभी भी आपने नहीं देखा होगा और यहाँ पे अब आप देखेंगे जब आपका थर्ड रिंग कंप्लीट होता है आपको मिलता है सॉरी आपको मिलता है हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर और ये हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर पूरा के पूरा आपका फोर्थ रिंग में इन्वेस्ट हो जाता है अब फोर्थ रिंग इसी तरह से कंप्लीट होगा और आपको मिलेगा 450 हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर हंड्रेड में से एक बार आपका 300 डॉलर आगे फिफ्थ रिंग में इन्वेस्ट हो जाएगा और आपका 50 डॉलर रीइन्वेस्ट होगा थर्ड रिंग के अंदर आपको अगेन एंड अगेन अर्निंग पोर्टफोलियो नॉन वर्किंग इनकम देने के लिए और यहां से फोर्थ रिंग जब पहली बार आपका कंप्लीट होता है आपको विथड्रॉल होता है हंड्रेड डॉलर का और ये इंस्टेंट आपके परफेक्ट मनी अकाउंट में आप ले सकते हैं इसके बाद जो 50 डॉलर आपका थर्ड रिंग में लगा वो वापस वही लोग आपको फॉलो करते आएंगे नहीं होगा तो ऊपर से स्पिल भी आ सकता है और ये थर्ड रिंग कंप्लीट होने के बाद वापस आपका होगा। और फिर आपको मिलेगा फोर डॉलर नॉन वर्किंग के रूप में अब यहां से आपका थ्री हंड्रेड डॉलर नहीं जाएगा क्या जाएगा ऑनली फिफ्टी डॉलर जाएगा थर्ड रिंग में और यहां से आपके पास बचेगा फोर डॉलर मीन्स फोर्थ अगेन अगेन पोर्टफोलियो करेगी 400 डॉलर का मतलब अगर आप पूरा जोड़ ले, तो 480 you दोस्तों एक भी अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है बाजार में जो मात्र केवल एक बार नौ सौ रुपया लगाना है और उसका भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है और उसके अलावा आपको यहां से अर्निंग मिल रही है दोस्तों आपका स्क्रीन एक मिनट के लिए बंद हुआ है वापस चालू कर रहा हूं मैं तो दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ रिंग है आपको पोर्टफोलियो दे रही है यहाँ पे जो आपका सिक्स रिंग है वो आपका मैजिकल रिंग कहलाता है कैसे कहलाता है सिक्स रिंग इज नोन एज मैजिकल रिंग ये रिंग इसलिए मैजिकल कहलाती है कि यहाँ पे आपका जब ये रिंग कंप्लीट होता है सिक्स रिंग जब कंप्लीट होता है आपको मिलता है नाइन हंड्रेड डॉलर मीन पहली बार जब सिक्स रिंग कंप्लीट हुआ तो आपको मिला नाइन हंड्रेड डॉलर और आप बन जाते हो डायरेक्टर इन द कंपनी मतलब पहली बार जैसे ही आपका सिक्स रिंग कंप्लीट होगा आपका पोर्टफोलियो हो जाता है डायरेक्टर लेवल इन द कंपनी और डायरेक्टर बनते ही आपका अगला जो भी पोर्टफोलियो है सेवंथ एथ नाइन्थ ते, टेंथ रैंक जो भी है वो टोटली टोटली नॉन वर्किंग हो जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस हो जाता है मतलब यहां काम कहां तक करना है ओनली सिक्स रिंग तक आपको काम करना है ईजी लाइसेंस की रिंग तक आपको काम करना है आपकी टीम को काम करना है रिंग कंप्लीट करते ही आप टोटली वर्किंग के पार्टनर बन जाते आपको एंट्री आना शुरू हो जाती है तो यह पावर है केवल और केवल टायरस के साथ अब सिक्स रिंग जब सेकेंड टाइम कंप्लीट होगी तो आपको मिलेगा टू फोर जीरो जीरो डॉलर अगेन एंड अगेन मतलब चौबीस सौ डॉलर अगेन एंड अगेन चौबीस सौ प्लस चार सौ प्लस अस्सी मतलब अट्ठाईसो अस्सी डॉलर अगेन एंड अगेन पोर्टफोलियो क्रिएट करता है मतलब दो लाख ,00 रुपया पर डे पर वीक पर मंथ ओनली बाय नाइन हंड्रेड रुपीज नौ सौ रुपया लगा के दो लाख ,00 रुपया पर डे पर वीक पर मंथ कमा रहे हो दोस्तों अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटी अनबिलीवेबल किस चीज की जरूरत है केवल आपके जुनून की और स्टेबिलिटी की लोग स्टेबल नहीं रह पाते हैं लोगों को क्या चाहिए एक महीने ये दो महीने ये तीन महीने काम करने के बाद पैसा चाहिए जेब में केवल तीन महीने में अरबपति बनना चाहते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए अगर आप केवल चार महीने अगर यहां से ढंग से काम कर लिया तो आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यकीन मानिए बेरा आज मेरी स्थिति वही है कि मुझे पीछे मुड़के देखने की जरूरत नहीं है कब रात को सोता हूं सुबह उठता हूं पैसा दिखता है वापस रात को सोता हूं, अगले दिन फिर डॉलर दिखता है तो दोस्तों पावर है टैरस डॉट लिमिटेड का रात को अकाउंट में देख के सोोगे जीरो डॉलर सुबह अकाउंट में देखोगे छह डॉलर फिर रात को सोोगे सुबह उठ के देखोगे आठ डॉलर मतलब अनबिलीवेबल अर्निंग आती है जो आप कभी सोच नहीं सकते जब जब पहली बार होती होती है तो आपको मिलता है है है तो तो आपको आपको मिलता मिलता और आठ सौ अस्सी डॉलर अगेन एंड अगेन एड जो पोर्टफोलियो दे रही है हमको पर डे पर वीक पर मंथ नहीं बोलना चाहिए बारह लाख रुपया पर एन एम ओनली बाई नाइन हंड्रेड और इस समय में समय में लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है लाखों लोग सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑनली नौकरी चली गई है वो अपनी किस्त कैसे भरे वो अपना किराया कैसे भरे और यहाँ पे 900 रुपए लगा के अगर आप मेहनत कर रहे हो दोस्तों और एक लाख रुपए भी महीना आप यहां से कमा रहे हो तो क्या बुरा है You are working hard work and then you are earning लाइफ टाइम इनकम आपकी थर्ड जनरेशन तक की इनकम आप यहां से बिल्डअप कर रहे हो यह पावर है टायरस टॉट लिमिटेड का दोस्तों टेंथ रिंग छप्पर फाड़ के देने वाली है टेंथ रिंग आपको जब कंप्लीट होती है तो आपको देती है सेवेंटी टू थाउजेंड डॉलर अगेन एंड अगेन बहत्तर हजार डॉलर अगेन एंड अगेन Only by 900 ये मत आपने नौ रुपये लगाए और सबको नौ सौ रुपए ही लगवाए बहतर हजार मतलब साठ लाख रुपया पर एन एम और इसके बाद अगर आप 60 लाख रुपया केवल इजी से कमा रहे हो तो आगे जो आने वाला है उसको देख के आप दंग रह जाओगे क्यों क्योंकि Easy का जब आपने पावर देखा है तो अभी तो हम जो दिखाने वाले वो इसका तो चार स्लाइडी तो लेकिन उसके आगे जो मैं आपको करने वाला हूँ बिल्कुल नया अनबिलीवेबल अभी भी आपकी टीम नहीं आई है तो बुला लीजिए दिस इज द राइट टाइम टू गेट इन दिमिटेड ओके आगे बढ़ेंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हो यहां पर अब हम डिस्कस करेंगे इजी के बाद आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि हाउ टू गेट फास्ट अर्निंग फ्रॉम टायर डॉट लिमिटेड फ्रॉम दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी मैं सभी को रिकमेंड करता हूं कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप यहां से बहुत बड़ी अर्निंग के मालिक बनोगे कैसे वो भी देख लीजिए यहाँ पे जब इजी लाइसेंस को आप अपग्रेड करते हैं तो यहाँ टेन से इजी लाइसेंस को अपग्रेड करते होता तो है आपको मिल जाता है और इसकी सेकेंड रिंग जब कंप्लीट होती है तो पहली बार आपको विड्रॉल आता है थर्टी डॉलर्स का और इसके साथ में अगर आप कॉम्बो पैक से फास्ट मनी को अपग्रेड कर ले डॉलर्स से मतलब रहे हैं इसकी भीट होगी और ये दो रिंगो के यहाँ से आपको मिलता है टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव डॉलर मीन यहाँ से ट्वेंटी अगेन इन्वेस्ट हो जाता है और आपको विद्रॉल आता है 230 डॉलर मात्र 10 दिन के अंदर और कई लोग तो केवल तीन दिन में बना लेते हैं आप मैं 10 दिन की बात कर रहा हूं केवल तीन दिन में आप ये 230 डॉलर के मालिक बन सकते हो अगर आप ढंग से प्लानिंग से काम करो तो आप 10 दिन की अगर इनकम मानते हो तो बीस हजार इनकम इकतीस रुपया लगा के अब कई लोग बात करते हैं कि सर में एक पास इकतीस नहीं है कोई बात नहीं आप, आप नाइन से शुरुआत कीजिए थर्टी डॉलर कमाइए थर्टी डॉलर में से फाइव डॉलर अपने घर पे रखिए एंड से 25 से अपग्रेड कीजिए तो मालिक बन जाएंगे दो सौ डॉलर कमाओ तो कैसे आगे बढ़ना है वो भी बता देता हूं यहाँ पे फास्ट मनी ट्वेंटी फाइव जो है दो रिंगों का है फास्ट मनी डेढ़ सौ ऑनवर्ड जितने भी है सेगमेंट वो ओनली वन रिंग के सेटअप है कैसे है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आप जब 200 डॉलर कमाओ तो यहाँ पे आपका इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो अनबिलीवेबल अर्निंग के मालिक बन जाओगे अनबिलीवेबल अर्निंग कैसे देखते हैं जब आप 200 डॉलर कमाओ तो मीडियम हार्ड एंड ग्रैंड तीन ऑप्शन जब 200 डॉलर कमाओ तो 50 डॉलर अपने घर पे रखो और मीडियम को फिफ्टी से हार्ड को हंड्रेड से अपग्रेड कर लो जब मीडियम और हार्ड से आप पैसा कमाओ तो ग्रैंड को थाउजेंड से अपग्रेड कर लो अब इनसे कितनी अर्निंग आएगी वो देखोगे तो दंग रह जाओगे दिखते हैं कितनी अर्निंग आती है यहां पे इजी मीडियम एंड एंड हार्ड ग्रैंड अब अगर बात करूं मीडियम की हार्ड की ग्री तो टोटली टोटली नॉन वर्किंग के पार्टनरशिप यहां पर आपके हाथ में नहीं है किसी को रेफर करना मीन्स टोटली नॉन वर्किंग इनकम है मीडियम हार्ड एंड ग्रैंड में फर्स्ट कम फर्स्ट जो पहले अपग्रेड करेगा वो पहले आएगा लेकिन काम कहां करना पड़ेगा इजी में अगर आप इजी में काम कर रहे हो तो ही आपका मीडियम में हार्ड में और ग्रैंड में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे चलेगा और जब आप पचास डॉलर से मीडियम को अपग्रेड करते हो तो पांच गुना ज्यादा रर्निंग है इजी से और हार्ड को हंड्रेड तो से अपग्रेड करते हो तो आपका है, से, तो मैंने आपको जो रुपया पर एन एम बताया इजी से आप उसको हंड्रेड टाइम्स कर लीजिए ग्रेड में आप समझ जाएंगे कि कितनी बड़ी अर्निंग के मालिक आप बनने वाले हो क्योंकि पांच गुना आप करेंगे मीडियम में टेन टाइम्स आप करेंगे हार्ड में एंड टाइम्स आप करेंगे ग्रैंड में चारों लाइसेंस से अलग अलग अर्निंग, इसके अलावा, से अलग अर्निंग एक साथ बारहल से आपको अलग अलग अर्निंग आगे मैं आपको और कुछ बताने वाला हूं ओके आगे बढ़ते हैं ये अब आपको, मैं फास्ट ट्वेंटी फाइव का प्लान समझा रहा हूं हाउ टू गेट विदेंटी फाइव जब आप फास्ट ट्वेंटी फाइव शुरू करते हैं तो आपका प्लेसमेंट इस तरह से होता है आपको चार लोगों को या दो लोगों को आपको लाना होता है ये लोग अपने जब दो दो लाते हैं उसमें से एक एक आदमी भी आता है तो वो इस तरह से दिखता है और बी जब अपने डी को रेफर करता है तो वो इस तरह से दिखता है और उसकी आईडी में वो डी उसकी आईडी में भी दिखने लग जाएगा और आप यहां से पच्चीस डॉलर से सेवेंटी फाइव डॉलर वाली रिंग में चले जाते हो और ये लोग अभी इनके नीचे एक एक नजर आने लग गया इसी तरह से जब इनका ई e भी आएगा एच भी आएगा F और G भी आएगा, इसका चार चार सेगमेंट कंप्लीट होगा ए और बी का, तो का तो ये दोनों भी पच्चीस पिछ... से पिछहत्तर में चले जाएंगे और बी भी पिछहत्तर में चला जाएगा तो दोनों जब ए और बी पिचहत्तर में चले गए इसी तरह सेम सी के साथ भी होगा और डी के साथ भी होगा तो दोस्तों यही चीज जब ए के साथ हो रही है बी के साथ हो रही है सी के साथ हो रही है डी के साथ भी होगी तो दोस्तों चारों के चारों लोग जब आगे चले जाएंगे तो देखिए कैसा काम करेगा यहाँ पे के कैसे वर्कआउट होती है यहां पे आपके अंदर ए भी आया बी भी आया पचहत्तर में सी भी आया और डी भी आया जैसे ही ये चारों पोजिशन आपकी सेवेंटी में कंप्लीट होगी आप यहां से कमाएंगे टू और पच्चीस वापस आपका री में चला जाएगा और आप यहां से विड्रॉल करेंगे 200 डॉलर्स मींस ये 25 डॉलर में वापस आपके आईडी लग गई वापस आपका ये सिस्टम चालू हो जाएगा फिर आगे बढ़ता रहेगा इस तरह से अगेन एंड अगेन आपको 200 डॉलर की ये सर्कल चलता रहेगा मतलब फर्स्ट 25 आपको दो रिंग्स का सेटअप है आपको इस तरह से 200 डॉलर अगेन एंड अगेन विद्रॉल देता है अब जो बताने वाला हूं वो है फास्ट हंड्रेड कैसे काम करेगा ये देख लीजिए यहाँ पे फास्ट हंड्रेड केवल एक रिंग का सेटअप है only one ring मतलब आप आए, आपने अपने को आपका पहला सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहां से विड्रॉ लाएगा टोटल फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर और उसमें से हंड्रेड एंड फिफ्टी वापस री एंट्री हो जाएगी और आपको थ्री हंड्रेड डॉलर नेट बेनिफिट होगा आप एक सेकंड में उसको विद्रॉ कर सकते हो तो ये चार लोगों का और बहुत तेजी से आपको पैसा कमाने का मौका देता है मतलब $300 again again और अपनी टीम को यहां पर जब आप फास्ट तीन सौ में आएंगे एक और बी अप और ए अपने एक लीटर को लाएगा बी अपने एक लीटर को लाएगा तो आपका फास्ट थ्री हंड्रेड कंप्लीट होगा और जैसे ही आपका फास्ट थ्री हंड्रेड कंप्लीट होगा आप यहां से विड्रॉ कर पाएंगे हाउ मच सर कई लोग कह रहे हैं ऑडियो क्लियर नहीं है एक सेकंड सर सॉरी दोस्तों एक सेकंड के लिए मैं टाइम ले रहा हूं हेलो आवाज आ रही है दोस्तों कई लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मेरे यहां आवाज क्लियर है तो दोस्तों यहां पे आपका A और बी और सी डी कंप्लीट हुआ तो आपका पास 300 हंड्रेड में आपका विद्रॉल होता है 900 डॉलर्स का और यहां से आपको विड्रॉल 900 में से 300 वापस आपका अगेन रीइन्वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 600 डॉलर्स का विड्रॉल मींस चार लोगों के अंदर आप 600 डॉलर बार बार अगेन एंड अगेन कमा रहे हो ये पावर फास्ट मनी का पावर है दोस्तों इसको हल्के में मत लीजिए आगे बनी रहिएगा बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं ओके okay? यहाँ पे फास्ट सिक्स हंड्रेड जैसे आप फास्ट सिक्स हंड्रेड में एंट्री लेते हैं पे वही आप ए बी जब ए अपना एक लीटर लाएगा बी भी, भी अपने लाएगा, आपका फास्ट सिक्स हंड्रेड कंप्लीट होगा यहां से आपको मिलेगा अट्ठारह डॉलर का विड्रॉल मीन्स यहाँ छह डॉलर वापस री हो जाएगा और ट्वेल्व डॉलर अगेन एंड अगेन अर्निंग बाय सिक्स फास्ट मनी ये पावर है फास्ट मनी का इसके आगे बढ़ते हैं हम 1200 1200 ये लास्ट का एक प्लान है लेकिन आपका बेनिफिट जो हुआ चौबीस सौ डॉलर अगेन एंड अगेन टू थाउजेंड फोर हंड्रेड डॉलर अगेन एंड अगेन मतलब दो लाख रुपया केवल एक चार लोगों से अगेन एंड अगेन हर महीने कमा सकते हो और जितनी भी अर्निंग बताइए हर महीने निकाल सकते हो आप अगर आप इस फास्ट मनी को प्रमोट कर रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों अनबिलीवेबल के मालिक बन जाओगे दो लाख रूपये का मालिक होगा हर आदमी जो फास्ट मनी को प्रमोट करेगा वो दो लाख रुपए का मालिक होगा अगर इस अर्निंग प्लेटफॉर्म को इस तरह से आप प्रमोट करते हो जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं तो दोस्तों ये पावर है ओनली एंड ऑनली इन द फास्ट मनी ओके आगे बढ़ते हैं पे अब मैं बताने जा रहा हूं टर्बो 500 का प्लान अनबिलीवेबल प्लान ये सारे के सारे सेगमेंट एक ही छत के नीचे पकड़े आप चाहे जितनी कमाई करेंगमेंट आप टर्गे तो टर्बो में आपको एंट्री लेनी है पांच सौ डॉलर से ए बी सी जब डी आपके कंप्लीट होते हैं तो आपका पंद्रह सो डॉलर को विद्रॉल होता है और यह पंद्रह डॉलर अगले टर्बो फिफ्टीन हंड्रेड में इन्वेस्ट हो जाते हैं और यहां पे भी आपका जब चार लोगों का सेगमेंट कंप्लीट होता है तो यहां पे आपको अर्निंग होती है 4500 डॉलर 4500 डॉलर और ये 4500 डॉलर कैसे आगे काम करता है आपकी एक एंट्री वापस टर्बो 500 में लग जाती है और यहां से आपके पास बचता है चार डॉलर और ये 4000 डॉलर आपका चला जाता है एक आपका ग्रैंड लाइसेंस को अपग्रेड कर देता है हजार डॉलर से और दूसरी एंट्री जो है वो आपकी टर्किश रियल एस्टेट में थ्री थाउजेंडर टर्किश रियल ये काम करता है तो अलग से आगे मेरे पास आगे बढ़ेंगे टर्किश रियल एस्टेट की हम बात कर रहे हैं टर्किश रियल एस्टेट थ्री थाउजेंड कैसे काम करता है जब आप टर्किश थ्री थाउजेंड में आपका थ्री थाउजेंड लग जाता है तो यहां पर आप आए आपका ए और बी आया इसके बाद आपका सी एंड डी आया तो यहां पे थ्री थाउजेंड इन्वेस्ट हुआ और यहां से आपको विन थाउजेंड डॉलर्स और ये नाइन थाउजेंड डॉलर जब आपका नेक्स्ट रिंग में लग जाता है तो यहाँ से एक्सलोरेशन कहलाता है और इस नाइन थाउजेंड से आपका ए बी सी डी जब कंप्लीट होता है तो आपको मिलता है सत्ताइस हजार और ये 27000 डॉलर मोमेंटम में लगता है तो यहां पे केवल दो लोग ही होते हैं 27000 डॉलर ए और बी जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपको मिलता है फिफ्टी फोर थाउजेंड डॉलर अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन और उधर आपका 500 हंड्रेड डॉलर टर्बो में वापस लग चुका है जो आपको अगेन एंड अगेन फोर थाउजेंडर रोटेशन में देगा तो ये पावर है टर्बो का ये सारा चीजें टर्बो से कंट्रोल होती है तो यहाँ पे चौपन हजार डॉलर मात्र 36 लोगों से ये रिंग सेगमेंट आप कर सकते हो और यहाँ पे चौपन हजार डॉलर अगेन एंड अगेन आप कमा सकते हो तो ये पावर है हमारा ओके माय मैडिपेंड तो मैंने आज आपको फास्ट मनी टर्बो एंड आपका इजी मीडियम हार्ड एंड ग्रैंड आपको कम से कम मैंने आज टोटल 10 तरह के लाइसेंस क्रिएट किए समझ सकते हैं कितनी पावरफुल आप है है? तो है, आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट के डायरेक्ट जो भी लोग पांच लेवल तक है उनका जो पहला इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको रिटर्न मिलता है तीन परसेंट दो परसेंट दो परसेंट एक परसेंट एक परसेंट ये भी बहुत बड़ी अर्निंग है अगर आप इसको ढंग से कैलकुलेट करो तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अगर आप मेरे बताए हुए इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो दो से चार महीने के बाद आपका अर्निंग प्लेटफॉर्म होगा दो से चार लाख रुपया हर महीने बढ़ती दर से देखते हैं कैसे इजी के बाद फास्ट फ्वेंटी फाइव मीडियम हार्ड ग्रैंड देन फास्ट एक सौ पचास फास्ट तीन सौ फास्ट छह फास्ट बारह टर्बो शेयर्स एंड सेलर्स ये जब आप फॉलो करते हो तो आपको यहां से होती है अनबिलीबल इंक्रीजिंग मोड में नॉट कि डिक्रीजिंग मोड में कभी भी डिक्रीजिंग मोड में नहीं जाओगे ये पावर केवल और केवल नौ रुपए में आप प्राप्त कर सकते हो अनबिलीवेबल सेगमेंट है दोस्तों लेकिन आपको पूरे जुनून से इसको मेंटेन करने की जरूरत है ओके अब दोस्तों ऑफ ऑफ डॉलर्स से तो कंपनी ने आपको भरपूर कर दिया अब दोस्तों आपके जितने भी बर्निंग डिजायर्स है उनको भी कंपनी फुलफिलमेंट करती है एज ए कैरियर रिवार्ड्स, और ये कैरियर रिवार्ड्स आपको लेने के लिए ग्रैंड लाइसेंस तक अपग्रेड होना जरूरी है मीन सिक्स जब पहली बार कंप्लीट होती है डॉलर्स और एट थ्री जब कंप्लीट होती है तो एप्पल का आईफोन एंड कंप्लीट होती तो आपको मिलता है, है, है, है इंडस्ट्रियल डायरेक्टर का एक जिने का वर्ल्ड टूर कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर होता है और यहाँ पे मीडियम में गोल्ड डायमंड रिंग एपल मैकबुक एंड फेरारी कार ये भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है और यहाँ पे हार्ड लाइसेंस में गोल्ड ब्रासलेट गोल्ड वॉच एंड अपार्टमेंट इन स्पेन एंडर की वो भी आपको कंपनी की तरफ से मिलता है आप चाहे तो रुपये ले लीजिए आप चाहे तो उसको किराए पर लगा सकते हैं ग्रैंड में फोर्थ रिंग से आपको दो जिनों का ट्रेवल दस दिनों के लिए सिक्स रिंग आपको कार मर्सिडीज एंड एट रिंग में अपार्टमेंट एंड रिंग फाड़ के हाउस ऑन द बीच सबका ड्रीम होता है समुद्र किनारे बंगला हो और ऊपर से डॉलर बरसता रहे मैं उसके स्विमिंग पूल के पास पड़ा रहूं और ऊपर से डॉलर बरसता रहे तो ये केवल केवल बिल्डअप करने की सत्रह तरह की अर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ से कमा सकते हैं तो ये पावर है हमारा टायरस डॉट लिमिटेड का ओके दोस्तों अभी कंपनी का ऑफर रन कर रही है बहुत ही प्यारा ऑफर है अगर आप कोई भी लाइसेंस में इजी मीडियम हार्ड एंड ग्रैंड और जो रियल स्टेट प्रोग्राम से उसमें आप कोई भी चार डायरेक्ट लाते हो तो एक डायरेक्ट का एक्टिवेशन कंपनी की तरफ से फ्री है आप टू 26th आईडी एक्टिवेट करने के लिए रेडी है हमारे बहुत सारे जमा लीडर लगे हैं इस एक्टिवेशन पे इस ऑफर को पूरा यूज कर रहे हैं यूटिलाइज कर रहे हैं और पूरी जान फूल दी इसमें सक्सेस पाने के लिए तो ये पावर है टेरस डॉट लिमिटेड का ओके okay, मैं डिपेंड आगे बढ़ते यहां पे ये इसको रीडिंग